सबसे पहले हम राजभाषा वेबसाइट खोलेंगे। लेंगे यहां देखिए यह सूचना प्रबंधन प्रणाली सुपर प्रणाली लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे वेबसाइट खुल रही है। यहां देखिए प्रयोगकर्ता यूजर आई डी डालना है आपकी एक यूजर आई कोई ना कोई होगी यूजर आई के बाद डॉट रहता है हिंदी ऑफिसर अग्रेसित करें यहां पासवर्ड डालिए ये हमने पासवर्ड फिर से अग्रसित किया यहाँ देखिए ऊपर आपको दिख रहा है ये भारत में देते, तीन शेयर है मुख्य इसके बाद तिमाही प्रगति रिपोर्ट है केवल अप्रैल महीना में रिपोर्ट भाग दो भरी जाती है यहाँ देखिए लिखा हुआ तिमाही प्रगति रिपोर्ट भाग एक भरे फिल क्यूपीआर पार्ट वन इस पे हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद देखिए सारा विवरण आपका कार्यालय का विवरण वगैरह आ रहा है यहाँ देखिए दो है तिमाही प्रगति रिपोर्ट दोष आपको लिखना है दो हजार बाईस दोके बाद देखिये यहाँ से भरना शुरू करेंगे आपके कार्यालय का नाम वगैरह है यहाँ तीस जून लिखा हुआ है कुल जारी कागजात कुल संख्या मान लीजिए धारा तीन तीन है धारा तीन तीन में आपको द्विभाषी जारी करना मान लीजिए मैंने यहाँ सौ लिखा उसके बाद है बादषी रूप में जारी कागजात में सब में करना है केवल अंग्रेजी में जीरो, जीरो ये हो गया। <coughs> उसके बाद अगर आप हिंदी में प्राप्त पत्रों की संख्या मान लीजिए हिंदी में मैंने 100 पत्र प्राप्त किया इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए देखिए यहाँ लिखा है तो सौ में से मान लीजिए मैं अस्सी लिख देता हूं अब बचे कितने कितने के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए यहाँ शून्य हो गया सौ में से अस्सी गया बीस बचे तो ये कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे इसमें हमने बीस लिख दिया ये आपको कैलकुलेट करना है इसके बाद अगर आप लोग ग क्षेत्र के हैं तो अंग्रेजी से प्राप्त पत्रों के हिंदी में दिए जाने क ख क्षेत्र के लोगों के लिए है के लिए नहीं है तो तीन का ये ए और बी ये दोनों कॉलम आपके लिए जीरो रहेगा इसमें आप लोग कुछ नहीं भरेंगे इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तीन के बाद कॉलम नंबर चार में चलते हैं चार में आपको दिखना है भेजे गए मूल पत्रों का ब्यौरा जैसे मान ली हिंदी द्विभाषी मान लेते हैं हमने 100 पत्र भेजा केवल अंग्रेजी में हमने 60 भेजा ये कुल हो गया 160 अर्थात ये हो गया साठ देखिए प्रतिशत लिखा हुआ है दशमलव ये ऑटो कैलकुलेट होता है ये क्षेत्र को हो गया क्षेत्र को भी मान ली इसी तरह से यहाँ देखिए लिखा हुआ हिंदी या में तो यहाँ फिर मान लीजिए हम सौ लिखते हैं और केवल अंग्रेजी में मान लेते हैं बीस लिखते हैं तो ये ऑटो कैलकुलेट करके लिया। तिरासी दशमलव क्षेत्र में भी मान लीजिए आपने 100 भेजा है तो केवल अंग्रेजी में मान लीजिए 10 लिखते हैं 110 ये नब्बे हो गया इसके बाद पांचवा नंबर है तिमाही के दौरान फाइलों पर लिखी गई टिप्पणियों का दौरा। देखिए फाइलों पर जो टिप्पणियां लिखी जाती है अमूमन कुछ कार्यालय मानते हैं कि एक पेज में तीन टिप्पणी लिखी जाएगी कुछ मानते हैं चाहे तो आपके कार्यालय में जैसा माना जाता हो तो मैं तीन मान तो लीजिए हमने 100 पेज लिखा अर्थात 300 सौ टिप्पणियां लिखी तो कुल पेज 100 हो गए ये हिंदी में लिखा हुआ है ना हिंदी में लिखी हुई टिप्पणियों की संख्या अब अंग्रेजी में लिखी हुई लिख देते हैं मान लीजिए अंग्रेजी में हमने बीस पेज लिखा तो एक सौ हो गया अब इसके बाद देखिए इसको ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं अगले पृष्ठ में चलते हैं ड्राफ्ट में थोड़ी दिक्कत आती है इसलिए ड्राफ्ट ना करें अगले पृष्ठ में देखिए तिमाही में आयोजित हिंदी कार्यशालाएं ये है छह नंबर हिंदी कार्यशालाओं में आप लिख दीजिए मान लीजिए आपके यहाँ एक कार्यशाला हुई है अब प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या ये पूछा जा रहा है तो मान लेते हैं हमारे पास दस अधिकारी प्रशिक्षित हुए उसके बाद वाले में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या मान लेते हैं यहाँ भी दस लिख देते हैं उसके बाद कार्यान्वयन समिति की अगर बैठक हुई है बड़े कार्यालय होता है तो यहाँ तारीख लिख देंगे और बाकी चीजें इसमें भर देंगे हाँ भर देंगे और मीटिंग जो हुई है एडवाइजरी कमेटी यहां डेट डाल दें क्योंकि हमारे यहां एडवाइजरी कमेटी नहीं है अब कुछ आपकी उपलब्धि हुई हो वो दस नंबर तिमाही के दौरान विशिष्ट उपलब्धि अधिकतम ढाई सौ अक्षर आपने लोगों ने कुछ किया हो तो यहां लिख दीजिए और उसके बाद ये कोड आपको डालना है यहाँ देखिये प्रमाण पत्र भी आजकल अपलोड करना पड़ता है ये कोड भर देंगे कोड जो है फोर ये कोड हमने भरा और भरने के बाद यहाँ देखिये लिखा हुआ है विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करें ये दूसरा नंबर तो आप ये प्रेस करते ही आपके एच को चला जाएगा एच को जाने से पहले या भेज दिया आपने अब उसके बाद इसमें आपको एक और काम करना है या देखिए फिल क्यू पी पार्ट वन ड्राफ्ट क्यू इसके बाद क्योंकि आपने भर दिया अब प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है तो देखिए नीचे प्रमाण पत्र अपलोड करें प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करवा के पहले से ही आप स्कैन करके आपके कंप्यूटर में रखेंगे ये देखिए यहाँ दिखा रहा है वर्ष 2018-19 ऐसे बना हुआ है अंत में चलेंगे चौथे में हम चलते हैं वर्ष देखिए हजार 2021-22 जनवरी और मार्च तक का दिया हुआ है अब चूंकि 22 तेईस शुरू हुआ है तो 22 तेईस हमने अभी भरा नहीं भरा होता तो यहाँ 21-22 की जगह 22 तेईस दिखता यहाँ देखिए प्रमाण पत्र अपलोड करें ये यह है यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ले जाएगा आपको प्रमाण पत्र अपलोड करने वाले में ये देखिए लिखा हुआ है आंकड़ों की जनवरी से मार्च प्रमाण पत्र, से से पत्र है वो क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप अपलोड का ये बटन दबा देंगे अपलोड हो जाएगा देखिए अपलोड होने के बाद यहाँ नीचे दिख रहा है बस इतना आपको करना है अब इसके बाद चूंकि आपको हस्ताक्षर भी करवाना पड़ता है हार्ड कॉपी में तो आप यहाँ तिमाही प्रगति रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ सबमिटेड रिपोर्ट देखिए नीचे से दूसरा प्रविष्ट की गई रिपोर्ट में आप जाएंगे अब देखिए जब आप इसमें सबमिटेड रिपोर्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पूछता है रिपोर्ट का चयन करें भाग एक या भाग दो तो क्यूपीआर पार्ट वन का हम सिलेक्शन किए और इसके बाद देखिए यहाँ आपके कार्यालय का कोड ऊपर लिखा हुआ ये देखिये ये कोड आपको इसमें पेश करना है या फिर टाइप करना है देखिये ये कार्यालय कोड मांग रहा है यहां हमने ये यह कार्यालय का कोड अपना डाल दिया डालने के बाद रिपोर्ट देखे क्लिक करेंगे अब ये देखिए हमारे कार्यालय की जितने रिपोर्ट है वो सब दिखाई दे रहे हैं तो अंतिम हमने इकतीस मार्च को भेजा था एक्ट डीओ मतलब डीओ को भेजा है अगर हमने इसको विभागाध्यक्ष को भेजा होता तो एक्ट एचओडी ओडी लिखा रहता है अब इसमें देखिए पहला वाला जो है समीक्षा रिपोर्ट दूसरा वाला है आपकी रिपोर्ट तो जो आपकी रिपोर्ट है आप यहाँ से डाउनलोड करें आप यहाँ से क्लिक करेंगे देखिये क्लिक कर दे डाउनलोड होने लगेगा और आप जैसे ही रिपोर्ट जमा कर देते हैं ना वैसे ही आपका ये समीक्षा रिपोर्ट आ जाता है ये थोड़ा सा स्लो है देख लेते हैं डाउनलोड हो रहा है डाउनलोड होने के बाद उसमें सारा विवरण रहता है आप उस पर यथारूप हस्ताक्षर करवा के अग्रेसित कर सकते हैं अब ये हो गया आपका विभागाध्यक्ष के पास गया हुआ है तो उनसे भी आपको हस्ताक्षर लेना है फिर हम यहाँ से, से लॉग आउट करते हैं ये डाउनलोड हो रहा है हो जाएगा ठीक है लॉग आउट करते हम यहां देखिए लॉगआउट पर गए इसको बंद किए इस विंडो को फिर से प्रयोगकर्ता आईडी, यूजर आईडी जो है वो आप इसमें डालेंगे ये आपके का। ये डी का मैंने डाला अग्रसित किया ये कई बार एचओडी के पास रहता है कई बार हिंदी अधिकारी के पास ही रहता है हार्ड कॉपी एचओडी देख के प्रमाणित करके हस्ताक्षर कर देते हैं फिर वही हम आगे बढ़ाते हैं ये पासवर्ड देने के बाद अग्रसित करें अब देखिए यहाँ आप आएंगे तो ये सब जो पुराने रिपोर्ट हैं वो सब इसमें दिखा रहे हैं कौन कौन सा है आपको करना क्या है कि आपको जाना है तिमाही प्रगति रिपोर्ट में तिमाही प्रगति रिपोर्टे अब यहाँ देखिये सत्यापन विधि में कोई तिमाही प्रगति रिपोर्ट नहीं है अगर यहाँ होती तो फिर जैसे आप हिंदी ऑफिसर के आई डी से किए थे वैसे यहाँ आगे आगे करते जाइए कुछ गलती है तो वापस भेज सकते हैं नहीं तो फिर वो जो कोड मैंने आपको दिखाया था कोड भरें और कोड भर करके को तो यहाँ कर लिखा हुआ है अब हम चौथे में चलते हैं एकदम लास्ट में हमने भरा नहीं है तो इक्कीस बाईस जनवरी मार्च का ही दिखा रहा है सेम ऐसे ही प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे और फिर जो आएगा कॉलम या जो पेज आएगा उसमें हम यहां चूज फाइल चूज फाइल से लेकर के और ये अपलोड तक कर, इसमें करके अपलोड कर देंगे और इसको भेज देंगे बस इतना ही आपको करना है आपकी रिपोर्ट पूरी हो जाएगी लॉगआउट कर दीजिए आपकी समीक्षा रिपोर्ट जैसे ही जमा करेंगे तैयार हो जाएगी और इस तरह से ये तिमाही प्रगति रिपोर्ट आपकी